शारजा में मैच के बाद जो है अफगान क्रिकेट फैंस ने जो है बकायदार ठीक ठाक किस्म की जो है पाकिस्तानी फैंस के साथ जो है मार कुटाई की है और कुर्सियां मारी मारियां उनको इंक्लोजियर्स में वीडियो में साफ नजर आ रहा है शारजा के इंक्लोजियर है और किस तरह से जो है पाकिस्तानी फैस जिन्होंने पाकिस्तानी ब्लेजर्स पहने हुए उनको जो है कुर्सियां मारी जा रही है आ, मतलब की ऐसी कौन सी दुश्मनी होगी हमारे साथ जितनी बदतमीजी आप लोग हमसे कर रहे हो नहीं हमने आप बिगाड़ा किया एक क्रिकेट मैच के, के जो, जो, जो, जो, जो अफगान उन्होंने मारपीट की है ठीक ठाक किस्म की जिस तरह फैंस को मारा गया कुर्सियाँ तोड़ी गई ये कोई तरीका कार नहीं है आपको बिल्कुल मसाइल हो सकते हैं मैं बिल्कुल नहीं मानता की जी हर कोई अः ठीक है आपको जरूर इश्यूज हो सकते हैं हमारे मुल्क से बिल्कुल हो सकते हैं आसिफ अली बदतमीजी कर रहे हैं यार उससे पहले आसिफ अली ने शी किया वो तो कुछ करेगा ना में जाए कुछ भी किया मगर जो नजर आए वो बता रहा हूँ हाथ पांव उठाने की इजाजत नहीं है भाई आपको आप मुंह से जो कर सकते थे आप कर लेते यार ऐसा हैं <laughs> है, है, अच्छा है, है, है है, कुछ वीडियो भेजी अब बड़ी डिस्टर्बिंग लेकिन उस वीडियोज में वाजे नजर आ रहा है की शारजहा मैच के बाद जो है अफगान क्रिकेट फैंस ने जो है बकायदा ठीक ठाक किस्म की जो है पाकिस्तानी फैंस के साथ जो है मार कुटाई की है और कुर्सियां मारी हैं उनको इंक्लोजियर्स में वीडियो में साफ नज़र आ रहा है शाहजहाँ का इंक्लोजियर है और किस तरह से जो है पाकिस्तानी फैंस जिन्होंने पाकिस्तानी ब्लेजर्स पहने हुए उनको जो है कुर्सियाँ मारी जा रही है और फिर मेरे कुछ अपने जो सीनियर दोस्त हैं शायद हाशमी वगैरह उनसे भी मैंने कांटेक्ट किया पूछने के लिए क्योंकि बोलो सब इस पर मौजूद है वहाँ पर एशिया कप में तो मैंने उनसे पूछा भाई कुछ हुआ है क्या वहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस तो उन्होंने कहा हाँ भाई भी काफ़ी हुआ है यहाँ पर और ख़ास करके गेट के बाहर स्टेडियम के गेट के बाहर जो है रोडों पर जो है दौड़ दौड़ के जो है पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को जो है जो अफगान क्रिकेट फैंस थे उन्होंने मारपीट किए ठीक ठाक किस्म की तो मैंने उनसे पूछा मैंने कहा भाई वहाँ पुलिस मौजूद नहीं थी पुलिस ही देख रही थी कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है तो कह लेंगे नहीं वो पुलिस तो गेट पर थी लेकिन ये गेट के बाहर भी हुआ है लेकिन जो मेरे पास वीडियोस आई है उसमें तो बायदा जो है कैसे बोलते हैं अपना स्टैंड्स के अंदर ये किया जा रहा है और मतलब कुर्सियाँ मारी जा रही है पाकिस्तानी फैंस को अब ये कौन सा तरीका है यार ये मतलब ये किस किस्म की क्रिकेट है भाई मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मतलब ये हमेशा ऐसे ही होगा पाकिस्तान अफगानिस्तान का जब मैच होगा तो अगर अफगानिस्तान हारेगा तो उसके बाद अफगानी जो अव क्रिकेट फैन है यही हरकत करेंगे कुर्सियाँ उठा के मारेंगे पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को टू के वर्ल्ड कप में जो हरकत हुई थी मतलब मैच के बाद और जिस तरह से वहाँ पर मतलब वायलेंसरप्ट हुआ था तरह इसलिए तो मतलब मतलब मतलब हुआ ने वो भी मैंने कंफर्म कर लिया कि मैच रफी ने दोनों को बुला लिया फरीद को भी बुला लिया और आसिफ को भी बुला लिया इसलिए क्योंकि जब आसिफ आउट हुआ ओवर तो में तो फरीद ने जो है उसको गाली दी है उस पर जो है फिर ने रिएक्ट किया बल्ला उठा लिया अब एक मैच जब पूरी तरह से अच्छा हो रहा है भाई क्या बता है यार हाई टेंशन मैच है ठीक है हाई वोल्टेज मैच है लॉट एट स्टेक सब कुछ सही है अफगानिस्तान अगर जीता आज तो वो इट वुड हैव कंटेंशन फॉर द फाइनल क्या आप कर सकते हो यार लेकिन अफगानी टीम नॉट इन दिस मैनर नॉट बाई टर्निंग वायलेंट स्पेशली वेन दे प्ले अगेंस्ट पाकिस्तान ये कोई तरीका नहीं है यार ठीक है पाकिस्तान अफगानिस्तान की हिस्ट्री चली आ रही है, है मसले मसाइल लेकिन साथ में ये भूल जाते हैं आई डो वॉन्ट टू मेक एनी पॉलिटिकल स्टेटमेंट जो ऑन फील्ड और ऑफ कुछ ऐसी वाली चीजें हो खात इतना, इतना तो को वहां को, के बच्चों को वो किसी भी डिक्शनरी के अंदर जस्टिफाई नहीं होता वो किसी भी डिक्शनरी यह पहली दफा नहीं हो रहा लीड्स में भी हुआ पिछली दफा साल दुबई में भी हुआ इस साल आज कल रात को शारजा में तो होगी आपको बिल्कुल मसाइल हो सकते हैं मैं बिल्कुल नहीं मानता जी हर कोई ठीक है आपको जरूर इशूज हो सकते हैं हमारे मुल्क से बिल्कुल हो सकते हैं लेकिन ये जो फैंस आए हुए तो किसी का कसूर नहीं था उनमें से किसी का भी कोई भी मुल्क कुछ भी करे किसी एक उसके मुल्क के सिटीजन का कोई कसूर नहीं होता वो भी आपकी तरह हमारी तरह जीता जाता है इंसान होता है अगर आज हम इस चीज को अप्रीशियट करेंगे पसंद नहीं रीजन। और हम अप्रीशियट करेंगे कि नहीं जी बिल्कुल सही किया फैंस को मारा और मजाक उड़ाना तो ये याद रखिएगा ये आग जब लगती है तो अगर एक घर में लगती है तो दूसरे के घर में भी आती है ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी और टीम के साथ फिर करें क्योंकि आज अगर इनको एक हार पाकिस्तान से बुरी लग रही है तो इनको हार किसी और से बुरी लगेगी देखिए आसिफ और फरीद के ऊपर तो है लेकिन जिस तरह फैंस को टारगेट कर किया गया जिस तरह वॉयेंस किया गया फैंस के ऊपर जो कि इनोसेंट फैंस है पहली दफा नहीं हो रहा पहली दफा हो रहा तो समझ आता इंग्लैंड में हुआ पिछले साल दुबई में हुआ वर्ल्ड कप में इस बार फिर हुआ 2018 के एशिया कप में हुआ ये मतलब ये कोई तरीका तरीकाकार नहीं है कि दो टीमें खेलने आती हैं एक जीतेगी एक हारेगी हर दफा इतना इतना ज्यादा इतना ज्यादा रिएक्शन के अब यहां तक नौ, नौयत आ गई कि कुर्सियां निकाल निकाल के वो कुर्सियां मारी गई हैं ना फैमिलीज देखी गई ना छोटे बच्चे देखे गए ना बुजुर्ग देखे गए ना बच्चे देखे गए ना जवान देखे गए ये कौन सा होली का निजम है ये कौन ये कौन सी बारबेरियाज्म है ये कौन सा कौन से जंगल के कानून में हम जिंदा हैं इस जंगल के कानून को हम एक्सेप्ट करेंगे वॉट एवर इट इज दिस इज अ वेरी वेरी वेरी शेमफुल आसिफ वाली बदतमीजी कर रहे हैं यार उससे पहले आसिफ अली ने शीद बदतमीजी किया हाथ पाँव उठाने की इजाजत तो तो नहीं है भाई आपको आप मुंह से जो कर सकते थे आप कर लेते हैं <laughs> है, है, गेम भी अच्छा हो जाता है चलो ठीक है मगर ये थोड़ी होता है कोई यार आप हाँ की आप हाथ पांव उठाने की कोशिश करो हमने मिस किया है आसिफ ने बदतमीजी की है दुनिया लिख रही है की आसिफ ने मारा है पहले यार आसिफ ने तो मैं ये कह रहा हूँ कुछ भी है हाँ मारा मुही छोड़ दो है। मैं ये कह रहा हूँ नजर आया उस पर बात कर रहा हूँ और जो नजर आया वो ये आया कि यार अफगानिस्तान ने आपको मोरली ये मैच हरा दिया उसकी वजह ये है कि उनके पास कोई भाई चले पे झाड़ पे चढ़े न एक सौ लोग बच गए सुबह से जो बैठे बैठे बच गए इतना